सिंगरौली कलेक्टर क्षेत्र के भ्रमण पर निकले इस दौरान उन्होंने रास्ते में पड़ने वाली कई संस्थानों का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार परमार चितरंगी क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकले इस दौरान कलेक्टर ने रास्ते में पड़ने वाले आंगनबाड़ी केंद्र बालक छात्रावास शासकीय उचित मूल्य दुकान सहित कई संस्थानों का औचक निरीक्षण किया वही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की सभी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक भी की इस दौरान उपखंड अधिकारी संपदा सराफ तहसीलदार सुरेश चंद परते सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते है सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज देख रहे हैं दखल न्यूज